नमस्ते दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मेरा खबासपुर में दोस्तों आज हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने पीसी में पबजी गेम को रन करा सकते हैं दोस्तों पीसी में पबजी गेम खेलने के लिए हमें ऑनलाइन खेलना होगा और उसके लिए कुछ पैसे देने होंगे लेकिन आज मैं जिस तरीके से अपने पीसी में पबजी गेम इंस्टॉल करूँगा और प्ले करूँगा कि इस तरीके से आपको कोई भी पैसे पेमेंट नहीं करने होंगे और फ्री में आप पबजी मोबाइल गेम अपने पी में खेल सकते हैं इसके लिए दोस्तों आज मैं ब्लू स्टॉक्स का सहारा लूंगा जिससे कि ब्लू स्टॉक्स में हम मोबाइल वर्जन को इंस्टॉल करेंगे इसके लिए दोस्तों आपको ये ब्लू स्टॉक्स अपने पीसी में इंस्टॉल करना होगा पहले तो मैं अभी ब्लू स्टॉक्स अपने पीसी में इंस्टॉल कर चुका हूँ और मैं इसे सिंपली ओपन करता हूँ ब्लू स्टॉक्स ओपन होने के बाद ब्लू स्टॉक्स पी में ओपन होने के लिए थोड़ा सा वक्त लेता है दोस्तों और इस वक्त के साथ हमारा वक्त अब समाप्त हुआ ओपन हो गया और हम यहाँ पे नीचे देख सकते हैं ऐप सेंटर है इस एप सेंटर पे आप सिंपली क्लिक करेंगे और आपको एप पे, सेंटर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो पबजी गेम का ट्रेंड है उसके कारण पबजी गेम बस ऊपर में है और यहाँ हम पबजी पे क्लिक कर देंगे और ये देखिए ये हमारा पबजी मोबाइल वर्जन यहाँ आ गया और मैंने इसे पहले डाउनलोड किया था इसलिए ये एक शो कर रहा है मैं यहाँ पर सिंपली आपको फिर से दिखा देता हूँ ये यह देखिए यहाँ पे आ गया और मैं यहां पे PUBG आ, सर्च करके आपको दिखा देता हूं PUBG और डायरेक्ट हम यहां पे सर्च करेंगे और ये देखिए इंस्टॉल इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे और मैं इसे प्रोसीड कर देता हूं यहां पे आप देख सकते हैं ये अब डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया अब ये आपके इंटरनेट के स्पीड पे डिपेंड करता है कि ये कितने देर में आपके पी में ये डाउनलोड होगा और ये एक का है आप देख सकते हैं ये इंस्टॉल होने में थोड़ा सा वक्त लेगा तो आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा PUBG गेम यहाँ पे वन पॉइंट इंस्टॉल सॉरी डाउनलोड हो चुका है और अभी थोड़ा सा और वक्त लगेगा फिर हमारा PUBG गेम हमारे पीसी में डाउनलोड हो जाएगा उस हिसाब से अब देख सकते हैं आप हमारा PUBG गेम हमारे ब्लू स्टॉक्स के जरिए हमारे पीसी में इंस्टॉल हो रहा है अब देख सकते हैं हमारा पबजी गेम हमारे पीसी में इंस्टॉल हो गया है अब मैं इसे ओपन कर रहा हूँ अब यहाँ पे आप डायरेक्ट ओपन पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से ओपन होगा ठीक है ये देखिए ये अपनी जगह पर आ गया अब आप देख सकते हैं ट्यूटोरियल्स एंड सूट वगैरह के लिए एम सूट के लिए यहां पे सारे दिए गए हैं की आप इस की को पढ़ लें ध्यान से देख लें और यूज करें चैट करने के लिए आपको यहां पे भी कीवर्ड्स दिए गए हैं और जनरली आपको यहां पे टैब एम एफ एस का यूज करके आप यहां पे सब कुछ यूज कर सकें आप यूज कर सकते हैं आराम से मैं यहां से कट कर देता हूँ ठीक है अब ये देखिए हमारा पबजी गेम अब हमारे पी में हमारे कंप्यूटर में ऑन हो गया है सिलेक्ट कर लें मैं सेलेक्ट कर लेता हूं ठीक है कंटिन्यू अब आप जो पबजी मोबाइल में खेलते हैं तो उनको तो पता ही है कि आगे क्या करना है कैसे खेलना है और यहां पे क्रिएट पे क्लिक करता हूं ठीक है अब ये हमारा मोबाइल पबजी हमारे कंप्यूटर में ओपन होने जा रहा है तो ये देखिए आप ओके गो ठीक है गोइट ओ लीग यहां पे सिलेक्ट करने कहता है जिसमें कि मैं इसे कट कर देता हूँ एडवांस मुझे कुछ नहीं चाहिए कुछ नहीं ठीक है तो ये देखिए हमारा PUBG गेम ओपन हो गया हमारे पी में दोस्तों इतना ही मैं आपको बताना चाहता था कि हम पी में अपने आ, PUBG गेम को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और प्ले कर सकते हैं तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत बहुत ही अच्छी लगी होगी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट्स कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए मिलते हैं दोस्तों फिर एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय